फाइनली गाइज मैं नई वीडियो के साथ आ गया हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ मोटर आपको दिख रही है ये पानी खींचने की मोटर है आजकल बारिश नहीं हो रही है तो गाइज सिंचाई के लिए पानी की मोटर लगानी पड़ रही है मौसम का तो अभी कोई पता नहीं है गाइज <laughs> तो चलो गाइज आज की वीडियो को करते हैं यहीं से स्टार्ट मॉडर्न वाइट ब्लॉगर में आप सबका स्वागत है गाइज और जो वीडियो मैंने वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और, और नोटिफिकेशन पर सेट जरूर रखें क्योंकि उससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा गाइज आपको मैं कुछ एप्पल की सेटिंग के बारे में बता रहा हूँ इसमें पर मैं इस वीडियो में लेट हो चुका हूँ मैं जल्द ही ऐसी वीडियो के साथ आपके सामने पेश होऊँगा तो गाइज कुछ दिनों के बाद एक दो दिनों के बाद मैं आपको इस वीडियो को फूल बना के भेजूँगा तो गाइज आज की वीडियो को मैंने ऐसे ही शॉर्ट तरीके से कुछ शूट किया है आप देख सकते हो गायज ये शाम के टाइम का नज़ारा है और मौसम भी इस टाइम नहीं है मतलब कि थोड़े थोड़े बादल है गाइज और आसमानों में बिजली भी चमक रही है तो गाइज हवा भी चल रही है धीरे धीरे हल्की हल्की तो इसी के साथ गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर और मैं जल्दी ही आपको नई वीडियो के साथ मिलूंगा गाइज़ आप देख सकते हो आसमान में बिजली चमक रही है और हवा भी चल रही है इस टाइम बहुत बढ़िया गाइज तो चलो गाइज आज की वीडियो में मेरा बनाने का मकसद यही था और जो नए यूट्यूबर क्रिएटर मेरे को देख रहे हैं और वो प्लीज़ कृपया करके लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपका इंप्रेशन में मेरे तक पहुँच सके और मैं भी आपको लाइक सब्सक्राइब कर सकूँ तो गाइज़ आप इतना कर सपोर्ट कर सकते हो मेरा और ज़्यादा कुछ नहीं नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द भेजूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइज तब तक के लिए टाटा पाई -टा, वाई थैंक्स फॉर वाचिंग तो गाइज नेक्स्ट वीडियो का वेट करना मेरा और जो मेरी वीडियो में गलती होती है उसके बारे में मेरे को कमेंट जरूर करें धन्यवाद